कन्हवा कन्हवा पोले पोले के की माटक माटक के टक चलू धनिया बिजली बुका बिन गिरेबुक धीरे धीरे जब देखी ले गोरी तो मनवा में एक बात मनवा में एक बात सोची के जब सोच तुहरा गोरी तो मनवा में एक बात सोची ले कैसे कहीं तो मरिले तोहरा से प्यार बड़ी करी ले दिल के हमार घर चल धीरे धीरे होखिया में गोरी लगाओ कजरा ती हो जल पागल तो हो जला पागल हो देखी तुहरा तो के चंदा ल जाला जा केहू के दिल तोह पे आ जाला तोहर बाजे लक्ष पंख के छागल धीरे धीरे च बोलिए पोकला कला, कला तो हर देख के भाई बागुरू आदि ना हो भाई बबुरू आदि बोलियो पोक कला हर देख के बागुडू बागुरू बाना हो होकिया से गोली चलावेलू कृष्णा के मन बहका मुन्ना के ले तू बनाई सज धीरे धीरे चला धीरे धीरे हो